In the world, every human, Kala hutton, Kala hutton, Kala hutton, in our dream, as we dream, we shall be one. One. Sar har om, har om, har om. Om je baba, iba la iba la. Om je baba, iba la iba la. Om je baba. नवरंग मेरे सुधर कराल तुम कराल तुम कराल तुम आहु तुम लीला परमात्मा मेरे सवाद का मेरे अलनाम का मेरे सवाद वो फिर शरण आए तुम hey andarwa mere dil se nikalo dil se nikalo krodh